जब मैं था तब तू नहीं अब तू है तो मैं नहीं समय समय की बात है इश्क की एक किताब है जिसके हर पन्ने पर जिसके हर पन्ने पर लिखी एक नई बात